हेलो दोस्तों कैसे हो आप आप सभी हूं, आप सभी उम्मीद करता बढ़िया होंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी हम लोग के अंदर नए हार्डिकार्टीशन क्रिएट करते हैं तब हमारी हार्डिक्स है वो बाई मिस्टेक हम पार्टीशन क्रिएट करते समय हार्डिक्स को पूरा फॉर्मेट कर देते हैं पार्टीशन के टाइम तो वापस रिकवर कैसे करेंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल से वन बाई वन या स्टेप बाई स्टेप हेलो दोस्तों मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका स्वागत करता हूं तो बिना गया। तो ये सभी के साथ होता है तो ये फनी बात नहीं है सबके साथ हो जाता है की लास्ट में अपने पास कुछ सजेशन नहीं बचता सोचते रहते आप क्या करें तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा फ्री आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है आप बहुत सारे ऐसे ऐप देखते हो जिसके अंदर आपको पाँच डॉलर दस डॉलर आपको पैसे वो गवाने पड़ते हैं तो मैं आपको आज फ्री के अंदर रिकवर दिखाऊंगा लाइव दिखाऊंगा और पूरा प्रूफ दिखाऊंगा रिकवर करके तो यह मेरे पास एक हार्ड डिस्क है इसके अंदर मैं कुछ डेटा कॉपी करूंगा और तो फिर पार्टीशन बनाते समय इसको फॉरमेंट कर दूंगा यानी बाई मिस्टेक पार्टीशन है वो डिलीट कर दूँगा फिर वापस इसको रिकवर करके दिखाने वाला जब भी आप लोगों के हमारे डाटा है वो वापस आ जाते हैं तब हम कुछ ऐसा फील करते हैं मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं तो बिना टाइम वेस्ट के वे वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि हम लोग कैसे फॉर्मेट करने वाले हैं और वापस वो रिकवर कैसे करने वाले हैं सॉफ्टवेयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं हार्डिक्स केसिंग के अंदर ये हार्डिक्स लगाई हुई है जो इंटरनली है पर उसको मैंने एक्सटर्नल में कन्वर्ट किया है अब मैं इसके अंदर अपने लैपटॉप के अंदर वो सिंपली क्या कर रहा हूँ कनेक्ट कर रहा हूँ उसके बाद मैं आपको ड्राइवर के अंदर सारा वगैरह वो डाल के दिखाऊंगा जो भी वीडियोस है या कुछ डेटा डाल के दिखाऊँगा उसके बाद डिलीट करूँगा जो पार्टीशन है वो डिलीट करूंगा, डिलीट करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे पार्टीशन वापस उनको रिकवर किया है तो चलिए शुरू करते हैं बिना के। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो मेरे यहाँ जो ड्राइवर बने हुए हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ डला हुआ है ये देखिए ये फोल्डर है इसमें और इसमें ये फोल्डर है अब मैं सिंपली क्या करूँगा जहाँ पार्टीशन क्रिएट करते हैं मैनेजर में जाऊँगा यहाँ पर मैं डिश मैनेजमेंट पे क्लिक मै करूँगा और जैसे ही आप डिस मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे तब यहाँ पे देखिए वो वॉलीम आ रही है तो मैं सिंपली इन पार्ट को क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूँ वॉलीम को ऐसे ही हम लोग जब विंडो चेंज करते हैं उस टाइम ड्राइवर अपन डिलीट हो जाते हैं उनसे सेम पोजीशन है या तो ऐसे डिलीट कर देते हैं हम लोग या जब भी हम लोग विंडो चेंज करते हैं उस समय डिलीट कर देते हैं तो दोनों कंडीशन सेम ही है या ऐसे तो डिलीट करो या विंडो स्टोर करते टाइम गलती से पार्टीशन डिलेट हो जाते हैं तब डेटा को रिकवर है वो कैसे करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ वीडियो पर बने रहिए देखते रहिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ माई कंप्यूटर ओपन करके तो कोई पार्टीशन है वो इसके अंदर नहीं चल रहा है तो अब आपको करना क्या है वो देखिए वीडियो के अंदर तो यहाँ पर आपको ये सिंपली डाउनलोड करना है तो डाटा रिकवरी नाम से ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा मेरे गूगल ड्राइव से अपलोड किया हुआ है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो जो नाम आपको दिया गया है सिंपली सर्च करके भी वो डाउनलोड कर सकते हो ये वर्जन 5.01 है तो ये सेम वर्ज़न है वो आपको डाउनलोड करना है अब सिंपली आपको क्या अगर ना इसको ओपन करना है तो यहाँ पर क्लिक पे येस कर देना है जब आप विंडो के अंदर पार्टीशन डिलीट करो तो भी यही प्रोसेस है और जब आप अपने आ, ऐसे मैंने अभी यू के थ्रू डाल के पार्टीशन डिलीट किया है वैसे भी सेम ही प्रोसेस है बाई मिस्टेक कभी ऐसा डिलीट हो जाता है और आपका कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट रहता है उस समय आप लोग कैसे रिकवर करोगे तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें और हाँ दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका आप सिंपली इस ऐप की हेल्प से इजी तरीके से या इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से इजी तरीके से डेटा वो रिकवर कर सकते हैं तो अब सिंपली करना कि आपको यहाँ पे पार्टीशन रिकवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ पार्टीशन आ जाता है तो ये वो हार्ड डिस्क है जो मैंने पार्टीशन रिकवर करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ तो कुछ टाइम लेगा यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो दो या तीन सेकेंड या एक मिनट का टाइम भी ले सकता है तो यहाँ पर सात मिनट का टाइम बता रहा है तो चलिए वेट करते हैं सात मिनट तक उसके बाद जो भी होता है उसके लिए हम लोग देखेंगे जैसे ये टाइम कम्प्लीट हो जाता है तो आपको जैसे मान लो कि एक ड्राइवर को रिकवर करना है तो सिंपली एक पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है दो पर क्लिक करना है तो दूसरे ड्राइवर नेक्स्ट करना है तो मुझे सिंपली क्या करना है दोनों को फुल रिकवर करना है टोटल रिकवर करना है जितना भी है सारा का सारा है वो रिकवर करना है तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा फुल रिकवर पार्टीशन और यहाँ पर क्या कर दूँगा नेक्स्ट कर दूँगा तो ये चल रहा है और पूरा का पूरा ये रिकवर हो जाएगा तो टोटल कितना टाइम लेगा वो भी यहाँ पे बता देगा कि इतने टाइम में वो रिकवर हो जाएगा तो पूरा रिकवर होगा जितना मैंने जितना भी आज तक जो भी डेटा है वो डिलीट हुए हैं वो सारे के सारे वो इसके अंदर रिकवर हो जाएंगे तो टोटली ये अब यहाँ पर टाइम आ जाएगा कि कितनी देर में रिकवर करने वाला है चलिए देखते हैं कितनी देर में रिकवर ऑप्शन आता है यहाँ यहाँ टोटल टाइम है वो आ जाएगा आठ घंटे समथिंग टाइम लेगा तो चलिए वेट करते हैं और थोड़ा बहुत रिकवर करके मैं आपको दिखा देता हूँ उसके बाद आप खुद वो चेक कर लेना कि रिकवर हुआ है या नहीं हुआ तो चलिए वेट करते हैं तो सिंपली आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि दोनों पार्टीशन है वो रिकवर का ऑप्शन आ गया है अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है नेक्स्ट करना है जहाँ मैंने बीच में स्टॉप कर दिया है क्योंकि तो मैंने पूरा रिकवर नहीं किया है तो क्योंकि ज़्यादा टाइम लेगा इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया थोड़ा सा रिकवर दिखा रहा हूँ आपको मैं उसके बाद आप पूरा रिकवर वो कर सकते हो सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है नेक्स्ट करने के बाद जो भी फाइलें हैं वो खुली उसके बाद सिंपली आपको सेलेक्ट करना है कि किस चीज़ को रिकवर करना है तो मैंने टोटल अभी तक सेवन पॉइंट कुछ जीबी है वो रिकवर किया है तो जितना रिकवर किया है उतना मैं सारा का सारा है वो सेव कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे पा चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको पा दे देता हूँ डेस्क पे दे देता हूँ डेस्क पे नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ एक न्यू फोल्डर बना दिया अब मैं यहाँ पर डेस्क नहीं दे रहा चलो हुआ उसको हम आराम कर देते हैं रिकवर तो यह डेस्कटॉप पे रहा रिकवर नाम से फोल्डर तो मैं यहाँ पे इसको पार्थ दे देता हूँ जो मैंने रिकवर फोल्डर बनाया और यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ मैंने रिकवर सेलेक्ट किया और नेक्स्ट कर दिया अब जितना भी ये सात पॉइंट इतना जो भी डेटा है वो रिकवर हुआ है वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा और आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं कितना डेटा रिकवर हुए हैं बाकी फुल हार्डिक्स है वो मैं रिकवर कर सकता था लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता तो इसलिए मैंने फुल हार्डिक्स से रिकवर नहीं की क्योंकि वो उस हार्डिक्स में मेरे पहले भी ऐसे डेटा हैं जो मैंने डिलीट किए हैं तो 500-600 छः के आसपास था तो इसलिए मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया और आप पूरा रिकवर करके देख लेना पूरा का पूरा भरत करता है नॉन स्टॉप तो देख रहे हो पूरा डेटा है वो रिकवर हो चुका है यहाँ पे सक्सेसफुल आ गया है यहाँ पे टोटल फाइल 145 है वो 145 की 45 से रिकवर हो चुकी है और अब अपने वहाँ पे जाके फोल्डर पर जो डेस्कटॉप पे हम लोगों ने सेव किया था उसमें जाके देखते हैं कि वो फोल्डर कितना रिकवर हुआ है और सात सी बी के अंदर क्या क्या आया है तो दोस्तों एक बार आप ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई करें हंड्रेड मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके सारे के सारे डेटा हैं वो रिकवर हो जाएंगे तो एक बार ट्रस्ट करके जरूर चेक करें जब भी आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है यानी पार्टीशन क्रिएट करते समय कोई भी डेटा है वो डिलीट हो जाता है तो पूरी उम्मीद के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इसको फेस किया है और मैंने रिकवर भी किया है इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है तो दोस्तों एक बार जरूर चेक करें ये इस सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं आता ये विंडो के कारण से आ रहा है तो आपके पास ये नहीं आने वाला तो अब चेक करें मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ यस एडिट कर देता हूँ अब रिकवर मैंने किया तो ये देखिए पूरा पूरा फोल्डर आपके सामने आ गया आप देखिए यहाँ पे जो भी रिकवर हुआ ये वो फ़ोटोशॉप वगैरह ये मेरे पहले के जो सॉफ्टवेयर थे वो सारे रिकवर हो गए हैं और जितना भी था वो सारा का सारा रिकवर वाला ऑप्शन आ गया है जो मेरे पहले के सॉफ्टवेयर थे तो इस तरीके से आप लोग अब रिकवर कर सकते हो तो दोस्तों आपने देखा वीडियो के अंदर इस तरीके से आप किसी भी हार्ड डिस्क में पार्टीशन क्रिएट करते समय यदि बाई मिस्टेक आपसे आपकी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाती है या पार्टीशन डिलीट हो जाते हैं तो इस तरीके से ईजी तरीके से आप पे वो रिकवर कर सकते हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें और हाँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें तो ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड और भी वीडियो आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को ऑन कर लें ताकि जब आपको नया वीडियो अपडेट हो तो आपके पास तुरंत वो नोटिफिकेशन मिल जाए तो दोस्तों टाटा बाय बाय धन्यवाद जय हिंद दोस्तों